ये कछुआ एक जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ पैदा हुआ था जिसकी वजह से इसके दिल के ऊपर कभी भी मसल्स और स्किन की लेयर आएगी ही नहीं जैसे इस भले आदमी की नजर इसके ऊपर पड़ती है उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि इसकी जिंदगी काफी मुश्किल होने वाली है इसलिए ये इसे अडॉप्ट कर लेता है हर दिन ये व्यक्ति एक पिता की तरह इसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है और देखते ही देखते काफी तेजी के साथ ये कछुआ बड़ा होने लगा था और आज आप खुद ही देख सकते है की इस कछुए के क्या हाल है या जिंदा तो सिर्फ इस भले आदमी की वजह से